धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हुआ संघर्ष आयोजन तो होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान को तो लिफ्ट की तरफ भर जाता है तो उसको काफी खुशी होती है अरे बाप रे बहुत ऊंचाई करें लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना ऊपर जाकर उसको एक थकान होती है लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है मुहर से होता है तो उसको उसके ऊंचाई बहुत मायने रखती है तो जो लोग देखें जन उतराने लगते हैं अहंकार कर हैं तो लोग लिफ्ट से भरते हैं तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए दूसरे की बुराई करनी चाहिए दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, बुझ जाते हैं कभी दिए, तेल की कमी से भी, हर बार कुसूर हवाओं का नहीं होता है, आखिर में हम आप सब सब से यही कहना चाहेंगे कि ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये दुख, दर्द, गम, तेरे अंदर है। खुद के बनाए से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें आज हम आपसे बीच में बात करते हैं अपने बचपन की कुछ कहानियों के देखिए हमारा परिवार एक जॉइंट फैमिली में हम लोग एक छोटे से परिवार में जन्म लिए सब लोग एक साथ रहते थे अंकल सबका परिवार यहाँ पर इसमें हम लोग के मकान में भी एक कमरे थे जिसमें हम लोग रहते थे बचपन में हम बहुत बर्फ होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी थी तो ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से क्या होता था परिवार में बहुत लोग क्या बहुत परेशानी हो जाती थी बचपन में थोड़ा तो सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से हर चीज लिमिटेड तौर तो पे मिला स्कूल हमें एक नॉर्मल से स्कूल में गए और पेंसिल वगैरह तक कभी बचपन में हिसाब मिलता था पेंसिल खरीद के आती थी तो उसमें से आधा कार्ड के आधा तुम लोग आधा तुम लोग तुम्हारा पहले कैसे खत्म हो गया तुम्हारा ज्यादा कैसे चला काफी ये सब समस्याएं थी घर के आगे एक कॉलेज था उस कॉलेज में हम लोग जाते थे देखने के लिए किसी का पेंसिल तो छूट नहीं है किसी का पेन मतलब जो कुछ किसी किसी का रह जाता था छुट्टी के बाद तो लेके आते थे लोग या फिर किसी का मतलब कोई किसी के पेज में किताब में कॉपी में कुछ कुछ पेज सादा बन जाता था हम लोग उसको कलेक्ट करके ले आते थे और मम्मी को देते थे मम्मी देखिए इसमें दो पेज साधा इसमें तीन पेज वो सबको ले आकर एक जगह बनाते थे मम्मी उसको सुई धागा से सिल देती थी और उसको हम लोग एक कॉपी बना लेते थे आज भी आदत उसी में है ये आज महंगी कॉपियों पर तो हाथ ही नहीं चलता है वहाँ पर उसी भी आदत लग गई है वहाँ और बचपन में हम लोग के घर के गाय वगैरह भी थी छोटे छोटे जानवर वगैरह सबके पाले में इन लोग के लिए करते रहो ये सब करते करते बचपना निकल गया और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह बिल्डिंग में कभी पाइपलाइन फॉरेन में अलग अलग जगह पर स्टेबल नहीं रहा जिसका जहाँ हम लोग हमको शुरुआत में जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए तो हम नाइन्थ में जब पढ़े सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिए उसमें मेरा सलेक्शन ही नहीं हुआ पता नहीं कि सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो फिर हमने पॉलीटेक्निक का दिया तो पॉलीटेक्निक के भी उसमें कुछ देखिए एक्चुअली क्या है कि जो अकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है जो कम्पिटिटिव होती है तो आठ के बाद ही सैनिक के लिए टिव वाला माहौल आ गया था फिर पॉलिटेक्निक में उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम छोड़ो? अब नॉर्मल मै, यानी मैट्रिक करते हैं उसके बाद इंटर करते हैं इंटर करने के बाद आई आई टी के दिन तो हम सोए रहे थे एनडीए गए सलेक्शन के लिए तो एनडीए में रिटर्न एग्जाम हुआ वो काफी ठीक ठाक था और एनसीसी वगैरह हम लोग ने किया था उससे फौज से काफी ज्यादा उससे जानने को मिल गया कौन सा हथियार कैसे काम करता जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था फौज में जाएंगे तो ट्रेनिंग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग बहुत बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे सब होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि सिलेक्शन काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ मेडिकल जांच होती है हर चीज़ का मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है अभी इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ कि मतलब अब मेडिकली आउट कर दिया जाए अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का इसके आगे हमने कुछ अपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना शुरू से ही फौज में ही जाना था हमको अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया अब क्या करें तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन बी अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज्यादा आ गया। इन दिक्कत में सबसे ज्यादा साथ दिया मेरे तीन दोस्तों ने सोनू पवन हेमंत ये तीन दोस्तों ने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया और हम सबसे खुश नसीब खुशनसीब हम ये कह सकते हैं कि दोस्त हमें बड़ा बढ़िया मिले तो सोनू था पवन हेमंत इन लोगों के पास जो पॉकेट मनी आती थी ना तो जो ख, घर से उसमें से काट के कुछ हमको दे देते कुछ ये तो हम लोग में मिलजुल के अच्छे से करते थे तो एक साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे हम हम सबको चारों को हम लोगों को डिफेंस में ही जाना था अब हम लोग ने क्या क्या भाई बाकी लोग की फाइनेंशियली सीख थी हेमंत की भी सही नहीं थी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था तो हेमंत ने कहा कि काम कर दो भाई चलो तुम भी टीचिंग में ले आते हैं तो उसने क्या किया हमको एक होम ट्यूशन के पास ले गया पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन अब हम लोग को बच्चों को उतना पढ़ाने का आइडिया नहीं बस उसको लड़का बहुत मैं कमजोर था और उसको से ना छे लड़के में अजीब सा मौल हो गया हमको दाड़ी उड़ी भी नहीं थी तो अजीब उनको लगा की बीच बच्चे को पढ़ाए हमको भी खुद हो रहा था उस तरह से देख क्यों नहीं रहे अब उसको छः लड़कों से अगले दिन वो पचास हो गए फिर सौ डेढ़ सौ इतना तेज बढ़ने लगा अब वो कोचिंग वाला जो था उसको लगा कि नहीं भाई पैसा तो ठीक आ रहा है यहाँ पे ये तो ठीक ठाक है तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई देखिए सर आपको अपना नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है हम क्या हमको जरूरत भी नहीं है इसकी हमको चुपचाप पी वगैरह करना है यहाँ पर हमारी तो फौज का सपना टूटा था समझ में नहीं आ रहा था करें क्या करें यहाँ पर क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज़ होती है जब तक आपको समझ में आई आधी बीत चुकी रहती है यहाँ लाइफ में क्या होता है सोचेंगे क्या बनेंगे क्या फ्वाहिश कुछ और चीज़ की रहती है यही है ज़िंदगी सबको इसी के साथ चलना रहता है हमने कहा कोई बात नहीं उन्होंने कि चलो भाई हमारा उनको नाम पता था तो टाइटल के वैसे उन्होंने पैसा ज्यादा दिखता था हमें हमें करियर दिखता था वो इतने कम आप इतना क्यों बता रहे हो। हम साथ हम करें? उनके साथ किस तरह से हम करेंगे इस वजह से थोड़ा सा टसल हो गया हमको वो छोड़ना पड़ गया कोचिंग फिर दूसरे जगह गए तीसरे जगह उसके बाद हम लोग ने यहाँ परिसर्च सेंटर किया तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में क्योंकि हम लोग गाँव एरिया से आए थे तो यहां पे कुछ कोचिंग को हड़प तो को लेना है उन लोगों ने कहा कि बेंच भी मेरा कुर्सी मेरा पंखा सब कुछ हम तो परेशान हो गए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा ये हाल कर दिया लोगों ने कि हमारे जिम में केवल चालीस रुपया बचे थे और घर लौटने के लिए नब्बे रुपए चाहिए हम परेशान हो गए भाई कम से कम नब्बे तो छोड़ो घर चले जाएं यार फिर यहाँ पर क्या कर दिए कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था तो गंगा के किनारे हम बैठे थे शाम के वक्त में टेंशन में आता सोचे कि अब टेंशन में जाएंगे अब रूम तो यहाँ से जब रूम पे गए वहाँ पे पता जला दरवाजा खटखटाए तो कोई खोली नहीं रहा था बड़ा देर बाद खोले तो मुझे कहाँ थे यहीं पर नदी पर बैठे थे टेंशन नहीं कितना टाइम हो रहा है हम कहें यही सारा सात आठ बज रहा होगा तो उन्होंने कहा कि घड़ी देखो हम देखिए रात का ढाई बज गया था टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करे क्या, क्या, क्या अजीब सा माहौल हो गया था अब हमको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास केवल 40 बचा है यानी ऊपर वाला हमको रोक रहा है पर किसी न किसी वजह से तो हमें रुकना चाहिए अब, फाइनली हमने भी कर लिया कि अब हमको अपने फिर से एक नई शुरुआत करनी है इस बीच हमको एक अनुभव मिला की भाई सब पर आप आग बन करके भरोसा नहीं कर सकते अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन भारत में बहुत बेहतरीन है ये आदि से देखा जाता है तो हमने क्या किया ना अब कोचिंग्स में ना स्टूडेंट्स जो थे बहुत जो पुराने थे जिनका मान के चले कहीं जॉब हो गया अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं ऐसे तो उन लोगों को रखेंगे भाई देखो हम लोग को फिर से शुरुआत करनी है क्योंकि ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है कि कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है लोग इसको इनकम सोच रहे हैं अब हम लोग आंख में इसलिए खटकते थे हम लोग के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे लड़कों का पढ़ाई मायने रखता था तो प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी तो हम लोगों को यह शुरुआत करनी थी अब शुरुआत किए कैसे कैसे थोड़ा बहुत पैसे से स्टार्ट किए लोग अब वहाँ पे क्या है कि जो गरीब है पैसे मत दो भैया विकलांग हो मत दो कभी कोई इस तरह से जोर नहीं दिया इस वजह से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अगर अरवाइज में पैसे के पीछे था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था इस बीच हमारे कोचिंग पे बम चल गया तबातोड़ बम चल रहा है हमको अजीब सा लग गया कि भाई हम कोचिंग में हैं कि बॉर्डर पे खड़े हमारा सपना तो नहीं पूरा हो गया हम फौज में आ गए हैं गया देख रहे हैं पूरा अपरा तफरी मचा हुआ है बम से इतनी इत, तबाही हो गई हमको मतलब एकदम लास्ट में आ गए कि हमको अभी लगता है यहां से छोड़ देना पड़ेगा फिर लड़कों ने कहा कि सर आप हाँ, हिम्मत मत है हमारे कोचिंग में, हमारा जो है, इसके अगल बगल में सत्रह कोचिंग है सबका सटर बंद हो गया सब लोग भाग गए लोग हम लोग अकेले भाई कम से कम कोई पूछते भी आता तो कम, से कम एक सहानुभूति लगती लेकिन लड़के आए लड़के लड़कियां तक आई कि सर कोई बात नहीं आप खोलिए हम लोग पढ़ेंगे लोग यहाँ कितन बम चले पे तो हम क्या किए पूरे कैंपस में मेरे कोचिंग पे सुबह में बम चला शाम वाले बैच में पूरे फुल प्लेजेड से स्टूडेंट आए थे और जो बच्चे पढ़ रहते हैं उसके अगले बैच के बच्चे नीचे खड़े होकर कह रहे थे कि अगर बम चलेगा तो पहले हमारे ऊपर बम को किया बच है सकते हैं है। और अचानक साथ मिला सारे बच्चे देखते देखते हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी डाला पटना का सबसे बड़ा लाइब्रेरी हो गया फिर कोचिंग बड़ा हो गया सब कुछ सही हो गया लड़कों का रिजल्ट आने लगा सारे लड़के खुश हो गए और खास करके उस बैच के लड़के जो पढ़ रहे जिनके पास बंबाडमेंट हुई थी वो भी उनके लिए पहला अनुभव था है है तो उसको काफी खुशी होती है, रे रे है। ना थकान होती है लेकिन दिल से एक मेहनत से बढ़े तो ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है तो जो लोग देखेगा उतराने लगते हैं अहंकार कर देते लिफ्ट से तो जीवन में अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं आपस मिल में आप मिलजुल तो तो आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करेंगे